आई एम कविता आज मैं आपको एक्सेल में सम फंक्शन का यूजेज बताऊंगी कि एक्सेल में सम फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे विंडो आर एंटर एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद हम इसमें न्यू शीट पर जाएंगे न्यू शीट पर जाने के बाद हम इसमें एक रिकॉर्ड बनाएंगे जिसमें हम इस्टूडेंट की मार्क्सशीट का रिकॉर्ड बनाएंगे मार्क्सशीट में सबसे पहले हम गाइस आप चाहें तो इसमें रोल नंबर ले सकते हैं बट मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लूँगी सीरियल नंबर के बाद मैं नेम लूंगी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट नेम के बाद मैं जिन सब्जेक्ट का मार्क्स को सम करना चाहती हूँ उन सब्जेक्ट के नेम लिखूंगी मैथ अब मैं यहाँ पर जहां पर मुझे टोटल करना है वहां पर हेडिंग दूंगी टोटल मार्क्स सीरियल नंबर में वन टू अगर गाइस आपको जैसे वन टू थ्री फोर फाइव इसी सीक्वेंस में रखना है तो आप एक काम कर सकते हैं इसको शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके इसको ड्रैग कर सकते हैं ड्रैग करने से एट स्टूडेंट के सीरियल नंबर आ जाएंगे जिसमें आप न, न, नेम दे सकते हैं राम हीना, निशा, राहुल कविता राज, दीपक, धीरज अब आप इसमें सीरियल नंबर दे दिया आपने स्टूडेंट नेम दे दिया अगर हमारे को जब हमारी सेल छोटी पड़ती है तो हम अपने आ, सेल को बड़ी करने के लिए डबल क्लिक कर देंगे जिससे हमारे को वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएगी अब हम यहां पर स्टूडेंट के मार्क्स देंगे स्टूडेंट के मार्क्स आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं जो जो जो स्टूडेंट के मार्क्स होंगे आप को लिख सकते हैं सॉरी आप टाइप कर सकते हैं अब मैं इनमें एक एक करके मार्क्स दे रही हूं मार्क्स देने के बाद फिर मैं आपको गाइस बताऊंगी कि इसमें टोटल करने के लिए हमें सम का फंक्शन का यूज कैसे करना होता है सम फंक्शन का यूज़ हम किसी भी लाइक एम्प्लॉय सैलरी को टोटल करने के लिए भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को टोटल करने के लिए भी कर सकते हैं गाइस मैं आपको सम कप सम फंक्शन के यूजेस बताती हूँ किसी भी अक्सर में किसी भी अगर फंक्शन को यूज करना है तो सबसे पहले इक्वल ज़रूर लगाना होता है इक्वल से इक्वल एक प्रीडिफाइंड होता है जिसमें हम अगर अपना फंक्शन टाइप करेंगे तो वो हमें शो कर देगा इसके बाद हम ट, टैप प्रेस करेंगे जिससे हमें ब्रैकेट भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अब हमें किस रेंज तक कहाँ से कहाँ तक हमें अपना टोटल करना है हमें हिंदी से लेके हिंदी के मार्क्स मैथ तक फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे शिफ्ट के साथ अब हम एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद हमारा टोटल मार्क्स आ गया अब गाइस हम हमारा फ़ायदा ही क्या जिसमें हमारे को एक एक एक-एक सेल में अगर हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे गाइस सम फॉर्मूले के यूज़ेस ये होते हैं हम एक एक ना करके इसमें एक ट्रिक होती है जैसे हम स्ट्रिप्ट के साथ ड्रैग करके नीचे का ड्रैग करने के बाद हम कं, कं, कंट्रोल डी करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली वो जो सम फंक्शन है वो हमारी जिन जिन सेल में हमें रिक्वायर है उस सेल में ले लेगा तो सो so गाइस तो ये था समशन का यूजेस आपको मेरी वीडियो आ, अच्छी लगी हो तो लाइक करना कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बैल आइकन को का बटन को प्रेस कर देना थैंक यू